बेटा सुना बोलो तो मामा गवर्नमेंट वैक्सीन निकली है हाँ, मालूम है है है कोरोना पे बहुत इफेक्टिव पर ये कोई बताने वाली बात थोड़ी ना है। अरे ना अरे अरे मैं मामा सुन तो ले चली वीडियो में भी दिमाग खराब कर रहे थे अब फिर फिर से। फिर से से से क्या क्या कह आ आ गया क्या आ गया वाले लेना बार बार आते रहते हैं देखो मामा करनी है ना तो कोई ढंग की बात करो वरना यार किसी नई मामा नमस्ते सुना जी क्या हाल चाल बेटा हाल और चाल तो तुम्हारी खराब हुई थी जो हम पिछली बार मिले थे मिस्टर मामा जी हम आगे बढ़ने वालों में इससे रात गई बात की और तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी तो गई है है है है है। इसके बहन सुन रहे हो अब समझने को बचाई क्या समझने वाली तो गई ओ मिट्टी पा यार। तुम दोनों को एक जरूरी बात बतानी है बोलो पकाओ तेरी बहन मेरा मतलब बताओ तुम्हारा वो तीसरा दोस्त कहा है घूमने oh, गया घर पे गाँव घूमने गया है तो hmm. गवर्नमेंट ने पुलिस वालों की वैक्सीन निकाली है पुलिस की वैक्सीन अरे पुलिस वालों की वैकेंसी होती है और तेरी बहन को, को की मेरे क्या खराबी है इसमें मामा सरकारी नौकरी के पीछे वो भागते है जो बचपन से दूसरों का खाने में इंटरेस्ट रखते हो और बचपन से दूसरों का चेला बनना पसंद हो ऐसा कैसे बोल सकते है तू और क्या बड़ा सरकारी नौकरी का होता ना सारी नौकरियों से बहुत बड़ा होता है कल कोर्ट गया था आधार कार्ड अपडेट करवाने कोई कुछ बताने कोई तैयार नहीं है फिर किसी भले आदमी ने कहा कि भाई टोकन लेके लाइन में लग जा और जब रिंग रिंग के आधे से एक घंटे बाद टोकन मिला उसके बाद एक भला अच्छा खासा कर्मचारी निकला अपने ऑफिस से और बोला कि आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ हमसे कुछ मत बोलो कोई कुछ बताने को तैयार ही नहीं है कोई जरा सा भी अपना मुंह नहीं खोलना चाहता हर जगह दल्ले भरे हुए है दलाल है सबके सब और जो पैसा दे उसका खड़े खड़े सारा काम अपू डेट करके दे देंगे सारा काम लोडू अरे ओ, के मुरझाए हुए फूल डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है तेरी और हम लोग जो इतना पैसा नहीं दे पाते वो ऐसे ही घूमते रहते है कीड़े मकोड़ो की तरह बेटा आप सुन मेरी बात तुम लोग न्यू जनरेशन हो अब ये चीज तुम लोगों को बदलनी होगी आदमी पहले एक स्टेज पे चढ़ता है और तो चढ़ती है बेटा तुम न्यू जनरेशन वाले ईमानदारी से काम करना स्टार्ट करो क्या पता एक के चक्कर में सारे बदल जाए है कि नहीं, नहीं